करने की कोशिश ऊपर एक प्लेयर है बट संजीव जो खुद के ग्रेनेड लॉन्चर से नौ बजाय और शिव मुन काेंगे नमूने काफी ज्यादा खतरे में इधर किलर ने एक किल निकाल दिया लेकिन नौ बजेंगे जो भी काफी ज्यादा मुसीबत हो क्योंकि फोर पीछे से से रश रश कर कर कर दिए टीम थर्ड पार्टी हो हो चुकी है है है इधर इधर ने रश करके एक एक और और और प्लेयर को दिया किलर किलर का का जो जो काफी हम बोल सकते हैं रहे है। जितना हो सके उतना किल पॉइंट्स लेने का और स्नाइपिंग शॉट थोड़ा करने करने सा किलर के तीन किलर लेजेंड के दो किलर हो भी गए किलर किलर फिर से रश कर रहे रश करके क्लियर करने की कोशिश ऊपर एक है क्या ही तो शॉट करेगा और ये क्या ही तो खेल रहे किलर ओ पी गाइज ओपी किलर गाइस इधर किलर ने एक और एक और किल निकाल दिया पूरी की पूरी टीम ये कौन सी टीम दिखाई हैप्पी प्रिंस गेमिंग के तीन प्लेयर इधर किलर अकेले ले लिए हैं भाई ये बहुत ही उन्दा गेम प्ले अगर बात करेंगे ई किलर का हमें देखने मिला है चार किल भाई साहब अकेले प्लेयर बचे उस पर भी आई थिंक रश करने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक वॉल है और यार ऊपर गनी अकेले है ऊपर रिच की कवर है फिर भी टीएससी किलर टीई किलर बोल रहा हूँ टीएससी किलर कुछ भी बोलो दोनों ही अपना ही है और यार किलर इधर ट्राई कर रहा है कि ये एक किल भी क्लियर करने का बट अब किलर के पास बोल नहीं बचेगी अब किलर के लिए थोड़ी मुसीबत होगी ओपन में जाना पड़ेगा सामने वाला बंदा क्रोनो लगा लिया तो किलर कुछ भी नहीं कर पाएगा अब देखना है और गनी भाई को फंसा दिया गया गणित भाई के द्वारा ओ माई गॉड गई इसमें किलर जाने का मौका दे दिया गया इधर किलर बहुत ही ज्यादा डैमेज खाएंगे किलर एक और प्ले ले पाएंगे किलर में एक